नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे विद्यालय अनुभव कार्यक्रम यानी इंटरशिप की डायरी के पार्ट टू के बारे में पार्ट फर्स्ट में हमने पाठ योजना के बारे में विस्तृत चर्चा की थी आज हम विद्यालय में जो कलर का काम होता है उसे संबंधित विस्तृत चर्चा करेंगे तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं